आप कैसे पैसिव इनकम जनरेट करेंगे तो लीड्स जनरेट करना सीखो ट्रैफिक बिल्ड करना सीखो फेसबुक पे यूट्यूबे और रोज फॉलोअ बढ़ते जा रहे हैं तो बड़ा बिजनेस एक गोटू प्लेटफॉर्म है जहां पर आप, आप अपना रेलिवेंट कॉन्टेंट डालो फॉलोवर बढ़ाओ ट्रस्ट लॉयल्टी बिल्ड करो लेकिन मेन मुद्दा यह है कि इसके बाद में आप इसको कमाएंगे कैसे पैसा कहाँ से कमाएंगे ऐड से नहीं पैसा कमाता है आदमी पैसा कमाता है कोर्स को बेच के पैसे इनकम से मैं देहरादून में एक टीचर से मिला मेरे यहाँ एक मोटिवेशन स्पीकर आए थे उनसे भी मिला मैं देहरादून के टीचर से मुझे पता चला कि वो क्लासरूम में टीचिंग करते थे मतलब पढ़ाते थे बच्चों को तो दो बच्चे पढ़ते थे और वो जैसे ही ऑनलाइन गए तो उनके पास में चौदह हो गए मैंने कहा कैसे करते हुए बोले मेरी ऐप है मैं कहा ऐप कैसे बनाई तो तब मैंने ये देखा कि पहले भी मैंने इसके बारे में बात की आज एक सुपर ऐप मिली है मेरे को बहुत सर्वे करने के बाद इसके फाउंडर को मैंने अपना प्रोफेसर भी बना लिया आई रिय लाइक दिस यंग बंदा है जो है ने उसको थर्टी अंडर थर्टी का किताब भी दे दिया है कि तीस साल से कम उम्र के तीस जो ऑन्तरपोन है देश में उनमें इनका नाम आ गया इस बंदे ने ना एक सुपर ऐप बना दी इसका नाम रखा इन्होंने क्लास प्लस इसमें उन्होंने जूम भी डाल दिया गूगल मीट भी डाल दिया व्हाट्सएप के फीचर भी आ गए टेलीग्राम भी आ गया सुपर ऐप है सब कुछ है एक ऐसी ऐप जहाँ पे टीचर बिना पैसा लगाए तुरंत फटाख से अपनी पूरी एप प्राइवेट ऐप बना लेता है ड्रॉप बॉक्स गूगल एनालिटिक्स, एक्सेल अब ये सब चीजों को इकट्ठा कर दिया उसने ये नहीं खाली पढ़ाओ जो कोई भी ऑर्गेनाइजर होते हैं कूपन कोड जनरेटर होते हैं मेल चिमपे सर्वे मंकी सुपर एप में दे दिया। एक मिली है मेरे को। इस सुपर ऐप के बारे में बताता हूं क्लास प्लस यहां पर इनके आज एक लाख से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लास प्लस पे आ गए एक ये बेस्ट ऐप है ये बेस्ट ऐप है जिसपे आपके तो तो हम अपने टीचर की इनकम दस गुना कर देते हैं बारह महीने के अंदर तो इनका बहुत सारी ऐसी तो ग्यारह सो सिज के अंदर इतनी सारी ऐप बनाई तो पहली चीज क्या, क्या किया कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके लिए तो कोई भी ऐप बना देगा पांच लाख दस लाख पंद्रह लाख रुपए लेके बीस लाख रुपए लेके बहुत अच्छी ऐप बना देगा पर कोई इंडिविजुअल टीचर है उसकी तो कोई ऐप बना के नहीं देगा ना क्योंकि वो इंडिविजुअल है और बना के देगा भी तो उतना पैसा कहां से लाए तो क्लास प्लस की एक चीज अच्छी लगी कि क्लास प्लस ने एक इंडिविजुअल टीचर को जद्दीक उसकी ऐप बना दी हजार महीने पे हजार महीने पे एक बढ़िया उसकी ऐप बना दी है और उसकी ऐप में सारे फीचर दे दिए उसको सुपर ऐप बना के दे दिया आज अगर टीचर पढ़ाता भी है तो बड़े ब्रांड के यहाँ जाके बड़े इंस्टीट्यूट के यहाँ जाके पढ़ाता है इंस्टीट्यूट की इज्जत बढ़ती है उसकी इज्जत तो बढ़ती नहीं है उसका नाम नहीं हो पाता है तो क्लास प्लस का मॉडल ये हो गया कि जैसे पहले बड़ी मछली छोटी मछली को खाती थी अब बहुत सारी छोटी मछलियां मिलकर बड़ी मछली को खा जाती हैं ये छोटी मछली का खुद का तालाब है उसका अपना तालाब है एक ऐसी ऐप बना के दे दिया जिसमें समझो इफेक्टिवली हजार महीना पड़ा उसमें सब चीजें आपको दे दी इसको बोलते हैं आप टीचर का ब्रांड बनाया है नहीं कि ब्रांड का टीचर पढ़ा रहा है यानी कि ब्रांड में टीचर पढ़ा रहा है या टीचर का ब्रांड बढ़ा रहा है तो फर्क समझो बात को बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे मैं नाम नहीं लूंगा जो बहुत सारी तैयारियां कराते हैं बहुत सारी तैयारियां कराते हैं उनमें सैकड़ों टीचर है किसी टीचर का तो कोई नाम नहीं है उसका नाम है ब्रांड का नाम है कोचिंग इंस्टीट्यूट का यहां क्लास प्लस ने सारी चीज अच्छी बना के दी तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब इसको ट्राई करो आज अगर मेरी ऐप अपनी खुद नहीं मैंने बनाई होती तो मैं देखते मैं क्लास प्लस पे बना लेता एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं पुणे के वो मेरे पास आए थे अभी आके सेल्फी वेल्फी खिंचा के, के गए सब बातचीत करके गए एक बड़े यूट्यूबर है वो मेरे पास आए सेल्फी खिंचा के, के गए वो भी अपने कोर्सेज बेचते हैं ये सब क्लास प्लस पे बेच रहे थे तो मुझे इसके बारे में पता चला मैंने बहुत इसको रिसर्च किया हाँ अब क्लास प्लस जब ऐप बना के देता है उसको व्हाइट लेबल करके देता तो अपना नाम नहीं लिखता कभी भी स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि ये ऐप हमारे गुरु जो हमारे मास्टर जी की खुद की है या क्लास प्लस की है यानी कि आपके नाम की आप बन जाती है क्लास प्लस आपकी पहचान में हिस्सेदारी नहीं मांगता है दूसरी चीज एक ना जैसे जूम और गूगल है जूम और गूगल का इंप्रूवन ला दिया अगर आप जूम पर क्लास करते हो तो सब लोग की फोटो देखने लग जाती है जूम पे क्लास होती है ना तो सारी विंडो होती है पचास बच्चे बैठे तो पचास की फोटो दिख रही होती है इन्होंने क्या सो क्लासरूम का वर्जन बना दिया कि जूम डाल दिया लेकिन जूम का इम्प्रूवड वर्जन डाल दिया गूगल मीट डाल दिया लेकिन उसका एक इम्प्रूव वर्जन डाल दिया कि बच्चों को केवल आप मास्टर जी दिख रहे हैं तो उसकी बैंडविड्स बेचारी कम हो रही है वो आपको पचास लोगों की फोटो दिख रही है और खाली मास्टर जी की फोटो दिख रही है बैंडविड्स भी कम कंजीम होती है डिसिप्लिन भी रहता है वहीं पर वो लोग पोल भी क्रिएट कर लेते हैं वहीं कॉन्टेंट भी शेयर कर लेते हैं वहीं अटेंडेंस भी ले, ले लेते हैं टीचर कोई देखता इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती उसको तो बड़ा फोकस बिल्ड हो जाता है वहां पे।, पे मास्टर ले तो मतलब अलावा तो सर्वे मंकी में पोल्स करते हो तो आपको सर्वे मंकी लाने की जरूरत नहीं सर्वे मंकी में डाल दिया बच्चों के पोल्स करा ले आजकल जो मास्टर जी पोल्स कराते हैं ना उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहता है आप लिंक पे देखते हो हर पांचवी आठवीं जो पोस्ट है वो पोल्स ही होती है तो टीचर जो है अपना डेटा इकट्ठा कर सकता है वहाँ पे खूब पोल्स भी करता है अपनी ऐप पे कभी बच्चे को नहीं पता चलता कि ऐप है किसकी स्टूडेंट को उसी मास्टर जी की ऐप लगती है क्योंकि उसी के नाम पे ऐप पाती है उसकी एक्सक्लूसिव ऐप होती है पर बच्चे जो गाँव के होते हैं छोटे शहरों के बच्चे हैं वहाँ पर उनके पास डेटा नहीं होता मोबाइल डेटा कम होता है एक जी में उनको काम चलाना पूरा दिन भर तो इन्होंने ऑफलाइन डाउनलोड भी कर दिया भाई जैसे यूट्यूब नेटफ्लिक्स ओ आजकल ऑफलाइन डाउनलोड देते हैं मैं सुपर ऐप इसको इसीलिए बोलता हूँ इसके बाद बच्चों का मास्टर जी व्हाट्सऐप ग्रुप बनाते हैं लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में पीछे एक भागलपुर के मास्टर जी तो बड़े परेशान हो गए क्योंकि वहाँ पर व्हाट्सऐप ग्रुप जब बन जाता है तो वहाँ लड़के का फोन नंबर भी आ रहा है लड़की का फ़ोन नंबर भी आ रहा है लड़के पढ़ाई छोड़ करके लड़कियों का फ़ोन नंबर सेव करके उनको जो है मैसेज भेजना शुरू करते हैं हेलो हावर यू रात को तो बारह बजे एक बजे कि जवाब दे रही है नहीं दे रही है देख रही है नहीं देख रही है अरे ब्लूटेक आ गया अरे ब्लू तो उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि किसी का किसी को नंबर ना मिले लेकिन अपने ग्रुप भी बन जाए चैट ग्रुप भी बन जाए मैं सुपर ऐप इसको इसीलिए बोल रहा हूं कि हजार रुपये महीने पे इन्होंने मोबाइल ऐप बनाने की सबकी जरूरत ही खत्म कर दी मेरे को लगता है मैंने कितना लाखों रुपया खर्च करके अपनी ऐप बनाई है पर आपके लिए आप अपनी पैसे इनकम जनरेट करो कोई भी तरीके का कोर्स बनाओ ऐप पर डालो और बिकता रहेगा आराम से स्टूडेंट्स को लाओ बिकता रहेगा पैसा आपको मिलता रहेगा आपको पेमेंट गेटवे की बड़ी समस्याएं हुआ करती थी इन्होंने पेमेंट गेटवे उसके अंदर डाल दिया एक्सेल डाल दिया मुनीम जी की जरूरत नहीं अकाउंटेंट की जरूरत नहीं सारे पेमेंट गेटवे पूरे ऐप के साथ एनालिटिक्स से जुड़े हुए हैं, कोर्स बेस्ड, टेन्योर बेस्ड कोई भी पेमेंट को ट्रैक करो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा इंटरनेशनल पेमेंट भी आ जाएगी पेपैल का झंझट भी खत्म ये समझो कि मास्टर जी अब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त उनको कुछ डिस्काउंट देना है बच्चों को कि भाई मैं दिवाली आ रहा है कुछ शेयर मार्केट सिखा रहा है तो दिवाली पे शेयर मार्केट के नए नए कोर्सेस के डिस्काउंट दे रहा है कोई नया कोर्स लॉन्च करना है तो कूपन कोड जनरेटर की एप होती हैं उसकी जरूरत नहीं वो भी डाल दिया कूपन दे दो बच्चों को कि भाई आप बोलते हो ना फ्लैश सेल ये मैं तीन दिन की ये ब्लैक फ्राइडे की है तो आपको स्केलेबल भी बना दिया अफोर्डेबल भी बना दिया बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले आए तो टॉप ऑफ दिल्ड किया कि ज्यादा कूपन वूपन दिया और डिस्काउंट देकर और बच्चे को पढ़ा दिया फिर हो गया कुछ बच्चे अगर आपकी ऐप आप है मान लो कोई मास्टर जी है उनका नाम है सुरेश आप सुरेश जी मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ाते हैं उनके कई कोर्सेज कोर्सिस मैथमेटिक्स पे बच्चा आ रहा है उनकी एप पे कोर्स देख रहा है चला जाता, खरीदता नहीं कोर्स देख रहा है, चला जाता खरीदता नहीं तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई गूगल एनालिटिक्स भी डाल दिया अंदर कि भाई बच्चे को आ, बच्चा आया चला गया तो मास्टर जी को ये डैशबोर्ड में दिख जाएगा ये बच्चा आ रहा है ये बार बार आकर के जा रहा है यानी कि खरीदना चाहता है खरीद नहीं रहा तो मास्टर जी उसे फोन पर बात करके भेज देंगे तो देखो गूगल एनालिटिक्स भी डाल दिया मैं इसको सुपर ऐप इसलिए बोल रहा हूँ अब उसके मास्टर जी को अपनी क्रिएटिव बनाने हैं कोई भी टीचर कुछ भी सिखाते हो आप अगर किसान हो खेती सिखा रहे हो तो आप भी लाखों रुपए के कोर्स अपने बेच सकते हो लेकिन आपको क्रिएटिव मार्केटिंग करनी नहीं आती आपको इन्फोग्राफिक का बंदा रखना पड़ेगा ग्राफिक डिजाइनर वगैरह जो होता है वो रखने की जरूरत नहीं इन्होंने कैनवा वाले फीचर दे दिए कि आप ग्राफिक डिजाइन अपने आप ऑटोमेटिकली तीस सेकंड में एक मिनट में वही बना लो यानी कि मार्केटिंग भी वही कर लो तो आप अपनी ऐप को सजा लो अपनी ऐप में डिजाइन बना लो उसमें क्रिएटिव बना लो अपने सब बना लो बढ़िया बढ़िया ग्राफिक डिजाइनर की आपको जरूरत नहीं अपने वीडियो भी वहीं बना लो सब फ्री में बन जाता है वहां पे। मैं इसको सुपर ऐप क्यों बोलता हूं इसलिए बोलता हूं कि आजकल जैसे मास्टर जी लोगों को पीडीएफ पीपीटी वीडियो वगैरह सब बेचते हैं बच्चे से पढ़ लें, लेकिन बच्चे क्या करते हैं डाउनलोड करके दूसरों को बांटाते हैं तो जो उनका प्रोपराइटरी कॉन्टेंट है मास्टर जी का बाजार में फैल जाता है तो अब गूगल ड्राइव में यही होता है ना वो गूगल ड्राइव में देते थे तो इन्होंने गूगल ड्राइव भी अंदर कर दी ऐप में इसी सुपर ऐप में लेकिन उसका सेफ वर्जन कर दिया कि भाई बच्चा उसमें ना तो स्क्रीनशॉट ले पाएगा ना डाउनलोड कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा आओ यूज करो री करो ओवर यूज करो खूब यूज करो, करो अगेन यूज करो बार बार यूज करो लेकिन एब्यूज मत करो मिस मत करो हुँ? आप शादी के बफे में जाते हो खूब खाओ तो शादी में जितना खाना थाली उठा लो खाए जाओ खाए जाओ ये नहीं कि पैक करके भी जाओ तो एब्यूज नहीं करने दिया उन्होंने तो जो टीचर की इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका प्रोटेक्शन हो गया तो वो बड़ा अच्छा सिस्टम लगा मेरे को तो और ये उसके बाद टीचर्स को हैंड होल्डिंग भी दे देते हैं टीचर्स को लीड कैसे जनरेट करें वो टीचर्स को सबसे खाते हैं तो आपको अगर कभी भी पैसिव इनकम बिल्ड करनी है मैंने एक सीरीज का एक हिस्सा सिखाया है मैं पैसिव इनकम पे और तरीके से सिखाऊंगा आज बहुत सारे मास्टर लोग अपने कोर्स डालते हैं हर तरह के कोर्स डाले मैंने इसमें देखे इस समय एक लाख से ज़्यादा इंस्टीट्यूट उन्होंने ले लिए गाय इज़ वेरी इंटेलिजेंट भी जिनके फाउंडर्स हैं सब आई के पढ़े हुए बहुत इंटेलिजेंट हैं ये इनका तीसरा स्टार्टअप है देव डन रियली वेल इन्होंने इतनी चीजें उसके अंदर डाल दी इन्हों क्या इसको डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं प्रॉब्लम मास्टर के पकड़ते सॉल्व करते चलेगा और इतना अफोर्डेबल कर दिया हजार रुपए महीने के आसपास पड़ता है साल का समझो बारह हजार अब, तो आप भी अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं करिए अगर आप सोलो प्रोन्योर है और खूब सीखना चाहते हैं तो आईबीसी हमारा मॉडल है उसके बारे में पता करिए आई बी मॉडल ये इतना एक्सलेंट मॉडल है सोलो प्रोन्योर के लिए कि हम आपको हैंडहोल्ड करते हैं आपको स्टार्टअप बनाने के लिए आपकी लर्निंग और अर्निंग बढ़ाने के लिए बहरहाल अभी दो चीजें आपके लिए करिए एक तो आप क्लास प्लस अपना देख लीजिएगा अगर आपको पैसिव इनकम बिल्ड करना है पैसिव इनकम का नीचे आपको और कोई वीडियो चाहिए या से पूरा कोर्स चाहिए या इसके ऊपर आपको फ्री वेबिनार पूरा चाहिए मेरा दो घंटे तीन घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल का तो वो बता दीजिए और एक आई की जानकारी ले लीजिए क्योंकि इस समय हमने हर आई को पर्सनल कोच देना शुरू कर दिया है और पर्सनल कोच के साथ में वो अपनी अर्निंग भी कर रहा है लर्निंग भी कर रहा है जो भी आई में आप पैसा देते हो आपको वापस मिल जाता है वो सब फटाफट वापस मिल जाता है और अभी हम आई में मनी बैग गारंटी भी ला रहे हैं उसके लिए हमारे किसी भी चैनल पार्टनर के पास चले जाओ किसी भी शहर में हो हर शहर में हमारा ऑफिस है वहां चले जाओ बोर्डलाइन नंबर पे फोन कर लो आई का मनी बैग गारंटी हम लेकर के आए हैं आप बोर्डलाइन नंबर पे या जिस ऑफिस में जा सकते हैं उस ऑफिस में जाकर आप पता कर लीजिए आई क्यों इतना पावरफुल मॉडल है और क्यों इतना चल रहा है और फाइनल बड़ा बिज़नेस ऐप डाउनलोड कर लो हमने एक नई कम्युनिटी बनाई उस कम्युनिटी में अपना खूब आप लीड्स भी जनरेट कर सकते हो अपने फॉलोअर बना सकते हो ऐप डाउनलोड करो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को क्लास प्लस के बारे में जो मैंने आपको आज पैसे इनकम का मॉडल लिया मुझे बहुत पसंद आया सुपर सब तक पहुँचाने के लिए कोई भी मास्टर तक पहुँचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद